बीजेपी महापौर मालती राय ने एक दरोगा की क्लास लगा दी दरोगा के हंसने पर ही मेयर को गुस्सा आ गया इस वजह से उन्होंने दरोगा को फटकार लगाते हुए उसकी वर्दी दूसरे को पहनने की बात कह दी दरोगा कुर्ता पजामा पहनकर ड्यूटी पर आ गया था भोपाल नगर निगम काम के मामले में अपने अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के चलते हमेशा फिसित हुआ है भोपाल में नगर निगम के एक दरोगा के ड्यूटी पर कुर्ता पैजामा पहन करा जाने और फिजूल में खीसे निपोरने से महापौर मालती राय भड़क गयी दरोगा के स्टाइल को देखकर महापौर मालती राय ने दरोगा को सरेआम लताड़ दिया महापौर मालती राय ने दरोगा से कहा कि तुम्हारी वर्दी कहाँ है तुम वर्दी में नहीं हो इसीलिए मुझे लगा कि तुम भारतीय जनता पार्टी के नेता हो यदि तुम्हें वर्दी नहीं पहननी तो तुम्हारी वर्दी उतार देते हैं और किसी को ये वर्दी दे देते हैं महापौर यही नहीं रुकी है दरोगा के हंसने पर उन्होंने कहा कि काम तो तुमसे होता नहीं है यहाँ नालिया गंदगी से भरी पड़ी है है ड्रेस तुम्हारी हंसने वाली ऐसा नहीं लग रहा कि तुम चलते शादी में से सीधे आए। सकल ऐसी पता चल जाता है इंसान फ्रेश होके आया दूसरे को दिलवा दे नहीं बोलो दूसरे को दिलवा दे और ये नारी कैसे बड़ी है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 पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर जीरो एवं वेबसाइट सी पर लाडली प्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें